हेलो दोस्तों बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रेक के साथ हम इसका पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि अतुल है इसका प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है हमारा क्वेश्चन है कि सदिश 2i -3j +4k और -4i +6j -8k दो सदिश सदी माने जाते हैं यदि एक सदिश दूसरे सदिश का अधिस गुण हो जैसे a सदिश बराबर लेमडा बी सदीस अब हमारे पास ए सदिश का मान दे रखा है 2i माइनस थ्री जे प्लस और बीस सदिश का मान है माइनस फोर आई प्लस छ जे तो यहां से हम 2 दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2i आई माइनस थ्री जे जो कि हमारा ए सदिश है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बीस सदिश बराबर माइनस टू और ये ए सदिश हैंड्स प्रूड ये सोल हो गया थैंक यू दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा उसे दबा दीजिए